गाइस सब यूट्यूबर्स से यहाँ पर बोल रहे थे कि यार रिवाइवल पॉइंट चला जाएगा रिवाइवल तो कार्ड चला जाएगा लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता जाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि गाइस आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सुपर मैक्स नहीं देख सकते जो यहाँ पर ओवी थर्टी अपडेट का जो ओवरव्यू यानी इनफॉर्मेशन थोड़ी हमारी दी गई है गेम के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुपर रिवाइवल कार्ड आ रहा है यानी गैस जिसका मतलब साफ है कि जो हमारा रिवाइवल कार्ड है और पॉइंट है वो तो हटने ही वाला साथ साथ वो और भी उससे अपलेडेडेडेडेडेड वजन का रिवाइवल कार्ड यहाँ पर देने वाले तो कैसे मतलब गेम हमारा वैसे चलने वाला है दूसरी बार हाँ थोड़ा मूवमेंट वगैरह हमारा इंक्रीज़ किया जाएगा और जंप वगैरह हर चीज़ इंक्रीज़ की, की जाएगी